नमस्कार दोस्तों मैं कमलेश दुबे आपको आज इस चैनल पर ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जंगलों में अक्सर घूमते आपको दिख जाते हैं कहीं किसी के घरों में जाने अनजाने दिख जाते हैं तो मैं आज ये वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि ये हमारे लिए डर का कारण नहीं है ये हमारे लिए भय का कारण नहीं है ये हम पर कभी भी हमला नहीं करते हैं मुझे भी बहुत डर लगता है मगर मैं कुछ मेरे पास में कुछ एक्सपर्ट लोग थे जो उनने लाए और मुझे उनको हाथ लगाने में बहुत डर लगता था तो मैं उनको छू के उनका स्पर्श करके अपना डर कम किया हूँ ये कोई जहरीले नहीं हैं क्योंकि हमें बहुत से ऐसे सांप हैं जो हमें नहीं पता रहता और हम उसको मार देते हैं तो मेरा मकसद यही है आप लोगों को बताने के लिए कि मैं अपना डर कम किया हूँ डर किस प्रकार से कम किया हूँ इस वीडियो में आप देखोगे क्योंकि मुझे दिख जाते थे तो बहुत डर लगता था और मैं इनसे यही प्रार्थना करके कहता था कि आप दूर से ही अच्छे लगते हैं पास में अच्छे नहीं लगते जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा घर है ये मेरे घर के आजू बाजू हमेशा घूमा करते हैं ये हम पर कभी हमला नहीं करते हाँ इन पर कभी हमारा शरीर टच हो जाए या इनको डर का हमारे से डर का आभास हो जाता है तो ये हम पर हमला करते हैं अन्यथा ये हम पर कदाचित जान हमला नहीं करते तो यही शंका मेरे मन में रहती थी कि हम रस्ते पर जा रहे हैं कहीं पर भी और पैर लग गया या हम उनको नाग दिए या कुछ भी ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं पता रहता और उनको तकलीफ होती तो उस कारण वो हमें डस्ट नहीं तो ये अपने से कि वो इंसान आ रहा है ताड़ के नहीं घात लगा के नहीं बैठते हैं कि वो इंसान आ रहा है तो हम उसको हमला करेंगे इनका इस प्रकार का कुछ ही दिमाग में सॉफ्टवेयर नहीं डाला हाँ इनकी खाने वाली वस्तु जैसे चूहा हो गया और भी जो खाते हैं इन लोग अगर इनको ये दिख जाता है अगर इनकी गंध आ जाती है इनको तो ये उस पे घात लगा के फन उठा के बैठे रहते हैं ताड़ के कि ये मेरे पास में आए तो मैं हमला करूं। अन्यथा हम इंसानों के लिए ये कोई नरभक्षी नहीं है इनकी हम लोग पूजा करते हैं इनको हम भगवान मानते इस वीडियो में मैं अपना डर किस प्रकार से कम करा हूँ आपको यही देखने में जो आपने शंकर जी के गले में नाग देखे होंगे जो फन निकालते हैं उनका नाम है नागराज बासु उन्ही के ये चेले चपाटे हैं जो घूम रहे हैं अपना कमा खा रहे हैं कहने का मतलब ये है कि अपना घूम के कमा खा रहे हैं ये नाग लोग से नाग लोग है इनका एक अगर इनसे हम लोग अच्छा व्यवहार करते हैं इनको हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो इनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे कुछ लोग इसे रेंगने वाला कीड़ा कहते हैं अनेक लोग अनेक अनेक प्रकार के कहते हैं कोई नाम दिए हैं उतनी तो मुझे जानकारी नहीं है मगर हमार, हमारे हमारे लिए ये हम इनकी पूजा करते हैं इनका एक त्यौहार भी हम मनाते हैं धूमधाम से इनका हमने मंदिर भी बनाए हैं तो वही डर कम कैसे करें इस वीडियो में हम दिखाए हैं कि हमने अपना डर कैसे कम करें? इनके बहुत सारे त्यौहार आते हैं नागपंचमी भी, भी हम धूमधाम धु, से मनाते हैं हाँ ये एक ऐसा जीव है जो कि अपना पूरा शरीर रगड़ते हुए ज, जमीन पर चलता है इनकी मैं कितनी भी तारीफ करूं मेरे लिए कम होगा मगर आप लोगों से यही विनती है कि जो मैं इस वीडियो में दिखाया हूं आप लोग ऐसा ना करिएगा क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है ये मेरे पास में कुछ लोग थे खड़े थे लाए पाले हुए हैं इसलिए मैंने इनको नाग नागिन का जोड़ा था इनके पास में तो मैं अपना डर कम करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं ये कोई जहरीले नहीं हैं नहीं तो आप जहरीले साँप को पकड़ के गले में टंगाओ तो मेरे को सिर्फ इनको स्पर्श करना था कि किस प्रकार इनको छूने से क्या महसूस होता है आप लोगों को भी इसकी जानकारी वीडियो देना था कि जो डरते हैं अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कहने का मतलब ये है कि नहीं भी जहरीले हैं तो प्लास्टिक से भी डर जाते हैं प्लास्टिक के जो आते हैं उनसे भी वो डर जाते हैं तो मुझे भी कुछ इस प्रकार का डर था तो जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और दिखा रहा हूं कि मैंने किस प्रकार उन्हें छुआ हूं किस प्रकार उनका स्पर्श करा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरे अंदर का जो रात को सपने आते थे जो भी मेरे को डर लगता था वो मेरा डर कम हो गया है वही डर आपको कम करने का इस वीडियो में मैंने बताया हूँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने उन्हें किस प्रकार गले में टंगाया हूँ और किस प्रकार उन्हें हाथ में लिया हूँ तो अब हम चलते हैं अपने और आपको दिखाते हैं अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मैं ऐसे एनिमल्स जो डर लगते हैं अगर मेरे घर के आसपास या मुझे कहीं जानकारी मिलती है अगर मैं वहाँ जा सकता हूँ तो उसके भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा और भी मेरे आजू बाजू जो भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु जानवर प्राणी जो भी हैं तो मैं उनका भी आप लोगों की वीडियो लाऊँगा ये एक अलग से ही प्ले मैंने बना दिया हूँ एनिमल्स की उसमें आप जाके मेरे जो भी एनिमल्स मुझे मिलते हैं तो मैं आप लोगों को उनका वीडियो दिखाऊंगा और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले मैं और भी एनिमल्स